अ uh, जी कुछ नहीं अंकल अरे शर्मा बताओ, बताओ. कमा लेते हो बीस हजार पचीस हजार यूट्यूब तो तीस परसेंट काट ही लेता है क्या बात कर रहे हो तीस परसेंट काट लेता है फिर तो बहुत कम मिलता होगा बेटा हाँ अंकल टैक्स वैक्स लगा के महीने के मुश्किल से यही कोई तीन चार लाख